सभी जो है आनंदित है और परमेश्वर में सदा आनंदित रहना चाहिए हल्ले लुए स्तुति करेंगे इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे हम सभी जो है ताली बजाते हुए शब्दों कानी की का आवाज को निकालते हुए उसकी महिमा करेंगे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 करेंगे हम युति करेंगे हले लो या स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे हम सुखी स्तुति करेंगे हाँ हले लो या लू या सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा सदा मैं सुति करूँगा और सदा तुझे याद करूंगा पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा अल्ले या स्तुति करेंगे प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे हालेलुया स्तुति करेंगे हम भी श्रुति श्रुति करेंगे हा हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया लोया हाँ हल लोया और बिबाया पर जीवन दिया। और बंदयात बिबाया पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है हालेलुया स्तुति करेंगे प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे कम ऑन मिलकर हालेलुया स्तुति करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया आ हालेलुया हल रूया यीशु के पास आओ हो और मुक्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ आशीषो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीषो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा अले स्तुति करेंगे प्रभु यीशु की सुतिक कर मिलकर गाएंगे अले स्तुति करेंगे स्तुति करे आ हालेलुया हालेलुया हालेलुया लोया हले आ हल लोया हले सदा मैं स्तुति करूँगा सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं सुति करूँगा और सदा तुझे याद करूंगा, अमीर आत्मा से भरोपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा अमीर आत्मा से भरोपूर होकर तेरे लिए जीगा अले स्तुति करेंगे प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे अल्ले स्तुति करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे आ हलोया हले लो लूया हल लोया कृपा आ हल लूया हल लोया हल लोया हल लोया हल आ हल लोया हलूया हलूया हलू स्तुति करेंगे, हमी यीशु की स्तुति करेंगे, गे बिल्कुल स्तुति करेंगे। इस हले लुया हले लुया हले लूया हले लुया हले लूया हले लोया हले, हले।, हले, हले, हले, हले।, हले, हले, हले, हले बाइबल में सिखाती है क्या हमेशा उसकी स्तुति आराधना करते रहना चाहिए चाहे आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो चाहे आपका सिचुएशन इस समय भविष्य में कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, हर समय परमेश्वर की स्तुति करना है क्योंकि ये जो जीवन प्रभु ने दिया है ये हमारा नहीं है उसने हमें दान दिया है Amen? उसके कोड़े खाने से जहां पर हमें क्रूस पर लटकना चाहिए था वो हमारे खातिर लटका ताकि हम आजाद हो सके। Amen. Amen. और आजाद होकर उसकी महिमा कर पाए और सदा उसकी करते रहें। मसी की। मसी की। अगर हम आजाद है तो प्रभु को धन्यवाद प्रभु मैं बहुत ही आजाद हूँ और मैं बहुत ही खुश बहुत ही आनंदित हूं क्योंकि तूने मुझे उस क्रूस पे जाने से रोक लिया अमैन हरुआ प्रभु का वचन अर समय हमें बल देता है जो प्रभु का वचन को पढ़ते हैं ना वो कभी भी कमजोर नहीं रहेंगे जो परमेश्वर के वचनों को लेकर चलते हैं वो कभी भी कमजोर नहीं बनेंगे अगर वो कमजोर रहे भी तब भी वो बलबन पाएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो हमें वचनों से क्या करता है दृढ़ करता है मजबूत करता है कितने लोगों को परमेश्वर का वचन जो है अब तक मजबूत किया है केवल संडे ही वचन सुनने से नहीं अपने व्यक्ति के जीवन में भी जब आप बैठ जाते हो एकांत एक में जब भी आपको मौका मिलता है तब तब जब आप परमेश्वर के शास्त्रों को लेकर पढ़ोगे ना तब तब आपको हर एक जवाब उसमें से मिलेगा हमे नुया हम सफल अपने आंखों को बंद करेंगे समय पर Alert from updates available. चलो सब लोग अपने आँखों को बंद करेंगे समय पर। कोई भी यावा न देखते हुए, हर एक चीज से हम परमिशन से प्रार्थना करेंगे कि उसकी करुणा, उसकी आशीष, उसका दया हमारे ऊपर आए। सब लोग अपने आँखों को बंद करेंगे समय पर और परमिशन से प्रार्थना करेंगे। किसी का मुंह शांत ना होते हुए सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे समय पर धन्यवाद यीशु धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद परमेश्वर और सुंदर से समय के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर फिर एक बार आपने कटा किया है तेरी दया तेरी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर ली बजाते परमेश्वर के अराधा करेंगे पवित्र आत्मा उदराओ अभिषेक हमें भर दो पवित्र आत्मा उदराओ अभिषेक हमें भर दो आत्मा उतरा अभिषेक से हमें भर दो पवित्र आत्मा उतरा अभिषेक से हमें भर दो अग्निज्वाल समान उतरा जल जन हर के साथ उतरा अग्निज्वाल समान उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा आप लोग ताली बताते हुए परमेश्वर क्या आराधना करेंगे आत्मा उतराओ पवित्र आत्मा उतरा अभिषेक से हमें बड़ दो पवित्र आत्मा उतरा अभिषेक से हमें बर दो अपनी समान उतरा Jal zaman utera, sun sunahe kisaa utera, utera, utera, par utraat ma, utera, utera, utera, abitra. जाति जाति के लोग कापू शत्रु पे तेरा नाम प्रकट करे जाति जाति के लोग का शत्रु पे तेरा नाम प्रकट करे पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा उतरा हो अभिषेक से हमें भर दो Pavitraatma utara. सब ध्यान से बात रखें. आप इसे आप अपने भाषण में बात न करें उसकी महिमा करें. Pavitraatma utara. और मंसूस की आदत लगे रहे. आप अपने भाषण में बात न करें उसकी महिमा करें. Pavitraatma utara. Yes, Lord. धन्यवाद श्रीमान्. इसराइली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले इसराइली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले जैसे कदली छाड़ी में तेरी याद उसे उस रात से मुझको भी दर्शन दे जैसे कदली छाड़ी में तेरी याद सिरे उस रात से मुझको भी दर्शन दे रेका तो शरा उतरा उतरा कवितात्मा उतरा कविता उतरा हो उतराओ से हमें घर गो कविता का हो अभी से हमें डर दो अग्निमान अग्निज्वाल समान उतरा संसर माह के साथ उतरा अग्निज्वाल समान उतरा संसर माह के साथ उतरा। कविता साउ उदरा हो से हमें कर दो कविता साउ तरा हो से हमें कर दर्द कविता साउ तरा हो अभिषेषो अभी छापा उतरा हो अभी हो अग्निशाल समान सरासी सात सरा अग्नि जाल समान सरा साथ सा सरा उतरा कविता पुषरा उतरा उतरा कविता शरा कविता उतरा से हमें हो कविशेष मितर हो कविताउतरा शबूरी खाला तूरा ला बा ज्वाल सवान तरा सिला सरा ज्वाल सवान सरा अभी को पुसा दे पवित्रा तुम्हारे बीच में निवास करने के लिए सयाद है पवितरा उतरा तरा कविचात्मा उ तरा कविता उतरा हो कवि से हमें दर दो कविता उतरा हो कवि से हमें को छुड़ाने के लिए आपने से मुता को फटाड़ने वाले लोगों को छुड़ाने के लिए आप से मुदा को पटारने वाले जैसे तटी झारी में तेरी तेरे या रात से तुझ तो भी दर्शन के तो उस रात से तुझ तो भी दर्शन के उरा उरा उ कविता पातरा कविता तरा हो कवि शेख अमृत हो कविताओ स शेख अमृत दो दो दे तो उतरा इसी को पता है में तुम्हारे बलते हैं उतरा तुम्हारे बीच में निवास कर देता है शेख हमें तुम्हें सबा है पत्नी ज्ञान सका तुसारा मेरे पैसे शदरी कर ला शुरुरी कर ला उरा उ तो मांगे खुदा से पवित्रा समाज पवित्र का प्रभु हमें दे ताकि तेरे बादशाह को प्रभु जी समझ पाए उदर प्रभु प्राप्त करता प्रभु अग्नि ज्वान समान उतरा धरा कसनार्की साथ उतरा अग्नि ज्वान समान उतरा साथ उतरा Uttara, Uttara, kavi rathma, Uttara, Uttara, Uttara, kavi rathma, Uttara, kavi rathma, Uttara, kavi she. अभिषेक से हमें पर दोरा कविताभिषेख से हमें पर दो नहीं कर दो कविता आत्म उतारा हो अभिषेक से हमें कर दो कविता उत उतारा हो नहीं अभिषेक से हमें कर दो कर दो रे कविता आत्म उतारा हो अभी हमें बदो कवि का समो अभिषेख हमें भर दो कवि क्या उतरा अभिषेक हमें दो भरो अभिधान समान भरा के साथ तरा ज्ञान कमा उतरा कचना उतरा कविता उतरा उतरा उतरा उतरा उतरा उतरा कविता का उतरा हो अभिषेक से हमें भर दो कविता सं अभिषेक से हमें भर दो कविता सं अभिषेक से हमें भर दो कविता सं से हमें भर दो हमें विता कविता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 Yeshu ke naam se Yeshu ke naam se प्राप्त प्राप्त नाम नाम नाम नाम से से से से सविता चरा सवित का चरा सविता का चरा प्राप्त चरा Yesiya, atma utra, pura lapa shala, baba baba baba baba, pura lapa shala, duri kala, baba baba baba, pura lapa shala, duri kala, baba baba baba, pura lapa shala. आप है आत्मा आपकी सारी वो खुशी बजा चलिया भवियाची के श्रे प्राप्त करो हम भाषण में प्राप्त करो जिसको नहीं आता प्रभु से करो प्रभु, प्राप्त करोष पवित्र साउ तरा अभिशेष हमें भर दो कभी चार साओ अभिषे से हमें भर दो कभी तो चार साओ अभिषे से हमें भर दो कभी चार साँच अभिषेख हमें भर दो कवित्र आत्मावत कवित्रा आत्मावत अभिषेक से हमें भर दो कवित्र आत्मावत हो अभिषेक हमें भर दो अग्निज्वाल समान उतरा सनसनाहट के साथ उतरा अग्निज्वाल समान उतरा केवल आप ही हैं प्रभु सनसनाहट के साथ उतरा कहेंगे सब उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा पूरा लश्धुरी खारा ला बा, बा, बा। तूराला तूराला तूराला बाबा बे बे बे बच्चन खाराला बशनला दे, दे. दोनों हाथों को छाउे अपने दोनों हाथों में उन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाला हम सबको आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर अभी हम जो भी वर्षक चलाए है वो सब आपकी महिमा होने के लिए हमने वर्शिप चलाए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते है कि आपने हमें वर्षिप करने की सहायता किया पिता परमेश्वर अभी आगे का जो भी वचनों वचन बांटे जाएंगे हमें वो हम वो सब हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर आगे का समय और आगे के वचन को हम आपके हाथों में सौंपते ये मेरी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता हमे हमे बैठ जाए हालेलुया कहेंगे हालेलुया हालेलुया सारी बातों में प्रभु की महिमा और प्रभु ने बहुत ही एक अच्छा आराधना जो है हम सभी को करने के लिए सहायता के इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं सो so, आज वचन जो हम लोग सुनने वाले हैं हमारे जीवन में जो है सक्सेस कैसे आती है उन्नति कैसे आती है हम ग्राउंड लेवल से जो है आगे कैसे बढ़ सकते हैं हमें कभी कभी लगता है कि जब हमारे जीवन में एक सफलता मिलती है यानी कि सक्सेस मिलती है तो ऐसा लगता है कि मैंने खुद उस सफलता को प्राप्त किया है हर एक मनुष्य जो साधारण मनुष्य है जो प्रभु को नहीं जानते हैं मैं उनकी बातें कहना चाहूंगा जो प्रभु को नहीं जानते वह लगता है कि मैंने खुद अपने जीवन में क्या पाया है सक्सेस पाया है कि सफलता को पाया है लेकिन हम जैसे मनुष्य कि परमेश्वर के संतान जो यीशु मसीह को जानते हैं को जानते हैं, उसके लिखे हर एक शब्द को जानते हैं कि हम सभी ये भी जानते हैं अगर हमारे जीवन में अगर उन्नति आती है सक्सेस आती है सफलता आती है तो केवल एक ही बात है एक ही नाम है वो नाम ये नाम है हमें लुया बाइबल में सिखाते कि उसके बिना जो है एक पत्ता भी हिलती नहीं है वो चाहता है सूरज तो उग तो वो सुबह के समय उगने लगता है शाम के समय पर ढल जा तो वो ढलने लगता है रात के समय पर सभी के लिए उजाला दिया वो उजाला चांद है है ना तो परमेश्वर जो है अरे चीज जो है जब उसने शुरुआत किया वो हर बात जो है सक्सेस बना परमेश्वर ने जो भी काम किया शुरुआत से अदन का वाटिका को बनाने से पहले जब बनाने के बाद भी आज तक वो टीका है दीस सक्सेस एक भी चीज फेल नहीं हुआ है वो तो फिर वो कैसे आपको और मुझे अकेला छोड़ सकता है कि आप जो है उन्नति नहीं प्राप्त करे अमे से यहाँ पर हर एक लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग जो सक्सेस है कुछ लोग जो है अनसक्सेस है कुछ लोग जो है सफलता को पाए कुछ लोग सफलता को अब तक नहीं पाए कारण क्या है जो जिसने जिस लोग अब कभी कभी प्रश्न ये भी उठता है जो संसार में घूमने वाले हैं उनके पास धन दौलत पैसे सब कुछ है वो कैसे सक्सेस बन जाते हैं आपको यह भी बात बताना चाहता हूं कि जो वो सक्सेस बनते हैं ना वो प्रवेश मसीह के जरिए नहीं वो दुष्ट आत्मा के जरिए सक्सेस बन जाते हैं इसके लिए दुष्ट आत्मा का कार्य उनके साथ जीवन में फटा फट, फटा फट, फटा फट होने लगता है उनके पैसे आते हैं दिमाग चलता है ना काला धंधा करता है पलाना पलाना किसी का नुकसान करके भी वो क्या होता पता है अपने बंगलों को बांधने लगता है उसे सक्सेस नहीं कहा जाता है सक्सेस वो लोग है जो वाक्य में मेहनत करके ईमानदारी से पढ़ लिख अपने मुखाम में पहुंच जाते हैं उनको पूछो एक फर्स्ट लेवल से लेवल में आने के लिए कितना समय लगता और कितना कठिन लगता है मैंने पहले ही बताया यहां पे कुछ लोग सक्सेस लोग हैं, कुछ लोग जो अनसक्सेस है कुछ लोगों को लगता है कि मेरा जीवन अभी खत्म हो गया है मेरे जीवन अभी कुछ बाकी नहीं है मैं जितना जीना था जी ली सही जिया या गलत जिया मुझे नहीं पता लेकिन मेरा जीवन खत्म हो गया है अब मैं आगे जीकर क्या करूंगी या क्या करूंगा कभी कभी हमारे पास प्रश्न उठता है कि मैं इसके बाद अच्छे जीवन नहीं जी पाऊंगी ये कौन सोच रहे पता है आपके दिमाग में बैठा हुआ शैतान जो व्यक्ति अगर हमारे दिमाग से नहीं बल्कि खुद के दिमाग से अगर सोचता है तो कौन सी बातें नेगेटिव बातें जो है केवल शैतान की ओर से आते है लेकिन बाइबल में एक भी बात नेगेटिव किसी मसीह के बच्चों के लिए नहीं है अगर है तो परमेश्वर उसे धाट कर बात करता है और धाटने के बाद भी उसे प्रेम भी करता है प्रभु के पास हर तरीका का जवाब है इसराइल को जब इसराइल को जब मिस्र देश छुड़ाया था क्या परमेश्वर को घुस्या था क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने वाला यही लोग हैं। तब भी वो कहता है कि मैंने इस तो गुलामी में तू मुझे धन्यवाद की भेट देने की जगह पर तू मुझे उल्टा खोस रहा है तुझे उल्टा डांट रहा है तू उल्टा मुझे भला बुरा बोल रहा है तब भी परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे संग हूं। अमें, हम भी कहीं पर में पड़े हुए थे, गुलामी में परेशानी में झंझीरों में हर तरीके से मुसीबतों में फंसे, भी फंसे हुए हैं जब परमेश्वर हमें छुड़ाकर लेकर आया ना तो उसके उपकारों को अम्बूल जाते हैं उसकी दया को अम भूल जाते हैं उसने जो हमारे जीवन में किया उस कामों को का अम भूल जाते हैं ऐसे मनुष्य कभी भी अपने जीवन में सक्सेस नहीं प्राप्त करेगा अगर वो व्यक्ति अगर सक्सेस प्राप्त करना चाहता है तो हमेशा प्रभु में बना रहेगा मिस्र देश को छुड़ाने के बाद कुछ समय जो है इसराइल लोग जो है परमेश्वर के भय भक्ति में थे उसके बाद तितर भीतर हो गए उसके बाद परमेश्वर के खिलाफ में यहां वहां की बातें बोलने लगे तब परमेश्वर को गुस्सा भी आया तब एक वाचा को देकर भेजा मोसा के जरिए तब आवाज़ कहता है कि जो परमेश्वर के साइड में है वो मेरे तरफ आ जाए जो परमेश्वर के तरफ नहीं है परमेश्वर उसे नाश करने पर है। अब आप बताइए आप किसके तरफ हो अभी आप अपने जीवन में सोचो आप किसके तरफ हो खुद या मुसीबत के तरफ या अपने परिवार के तरफ या परमेश्वर की तरफ परमेश्वर आज भी आपको वचनों के जरिए क्या करता पता है उत्साहित करता है आपको जागृत करता है बेटा, मत तड़प, मत रो, मत घबरा, मैं तेरे साथ कर, कितने वचनों के जरिए परमेश्वर हमें क्या करता पता है ताड़ना करता है हमें दृढ़ करता है हमें सफलता को लेकर आता है वो हर बातों को सिखाता हर बात हमें याद दिलाता है जो उस समय उसने किया हुआ था मैन हर मैं बोलूँ ना हमारे जीवन में प्रभु काम करता है लेकिन हमारा नजर ठीक नहीं है हमारा ध्यान प्रभु के पास नहीं है जब आप काम पर जाते हो जब आप पता चलता है कि आपको काम पे कुछ सैलरी आपका बढ़ गया आप खुश जा तो, हो जाते पांच सौ रुपये को धन्यवाद है परिवार में बांटने लगता है अपने दोस्तों में बांटने लगता है लेकिन आप गलती पर क्या कर रहे हो पता है अब परमेश्वर को याद नहीं कर रहे हो अब परमेश्वर को पुकार दे रहे हो सबसे पहले जब भी आपके जीवन में भलाई काम होती है ना सबसे पहले परमेश्वर के पास आओ यीशु मसीह के पास आओ और कहना बोलना चाहिए कि प्रभु ये जो आज मेरे पास है ना ये तेरी ओर से है अमें? ये तेरी ओर से है। आज मैं अच्छा जीवन जी रहा ये तेरी ओर से है आज मेरे घर में अच्छा भोजन पक रहा है प्रभु ये तेरी ओर से है अगर तू नहीं होता ना तो प्रभु आज मेरे जीवन कुछ भी नहीं रहता हर मनुष्य जो है सक्सेस सक्सेस सक्सेस के पीछे लगा रहता है लेकिन हर कोई सक्सेस प्राप्त नहीं करता है सक्सेस को पाने के लिए ना सक्सेस का मतलब क्या होता है पता है कितने लोगों को मालूम सक्सेस मतलब क्या होता है सफलता बताओ सफलता किसको बोला जाता है धमा आपसे पूछ रहा हूं जो सब कुछ पा लेता है यानी कि आदमी को बोल सकता है फॉर एग्जांपल है ना साधारण भाषा में बोलेंगे हमारे पास मोबाइल नहीं है है ना आप प्रार्थना कर रहे हो काम कर रहे हो मेहनत कर रहे हो एक दिन मोबाइल आपके पास आ गया तब बोल अरे वाह मैं मैंने मेहनत से क्या किया मोबाइल को प्राप्त कर लिया तब क्या हो गए सक्सेस हो गए क्यों सक्सेस हो गया है आप उस चीजों के लिए लड़ रहे हो उस चीजों के लिए झगड़ रहे हो उस चीज के लिए पाने के लिए कोशिश कर रहे हो जो आपको चाहिए चाहे वो घर हो या दम दौलत हो या आपका जमीन हो या कुछ भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो आप उसे पानी के लिए क्या करे थड़प रहे हो लेकिन आप एक चीज पूछना भूल जाते हैं प्रभु अगर तू नहीं है ना ये सब कुछ बेकार है अगर तू नहीं है ना ये धन दौलत मोबाइल ये घर ये सब कुछ बेकार है प्रभु तू है तो सब कुछ है, हैुहिया तू मुझे सबसे पहले चाहिए हमारे जीवन में आप क्या करना चाह पता है हर बात प्रभु से पूछो प्रभु के पास आपके हर सवाल का जवाब है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी अपने अपने परेशानी लेकर बैठे हैं मैं आपको किसी को पूछू ना आप दुख में, में क्या सीधा रोना चालू करेगा आप परेशानी में क्या सीधा रोना चालू करेगा आप टेंशन में क्या सीधा रोना चालू करेगा हर एक लोग यहाँ पर बैठे हैं ना मुस्कुरा रहे तो है हम लोग प्रभु में सदा किसी कितना अच्छा बोलता है ना प्रभु में सदा आनंदित हम कलिशे में जब आते हैं ना हम आनंदित ही रहते हैं कितने लोग रोकर आते हैं चर्च में? चर्च में रोकर, आते क्या? कितने आते चर्च में रोकर? आ, सर पोड़ के सर मार के कितने लोग चर्च में आता है आता है क्या आता है क्या नहीं आता है कोई नहीं आता है क्यों क्योंकि मेरा प्रभु रोना नहीं सिखाया है मेरा प्रभु हंसना सिखाया है है ना हेलो लुया देखो जब लाजर मर चुका था कि उससे प्यार नहीं करता करता था कि नहीं करता, करता था। वो एक ही परिवार था जो ये शिव मसीह उनके परिवार में बारे बार जाता था जैसे ही पता चला कि लाजर बीमार है तो ये मसीह को दौड़ कर आना चाहिए था कि नहीं कम अभी आपका रिलेटिव कोई भी बीमार है फोन में आ गया या पत्र लिखा पहले तो लेटर भेजा था ठीक है अभी तो सीधा कॉल करके पूछता है, है, है आपका भाई बीमार आपका बहन बीमार है, तो है बीमार है तो क्या होगा ऐसा बोलेगा कोई? दिन, कि कब भी सुबह होगा या कब भी शाम होगा कब मुझे टिकट मिलेगा मैं जाकर देख लू या मिलकर आओ वो कि नहीं रहेगा पता नहीं लोहिया एक भाई हमारे पास रह जाता है जब दो दिन के बाद लेट जाओ सच्ची मगर मुझे किसको पता चलता है, है, है।, तो है कौन सी बात है संसार की बात है जब ये शु मसी को मैसेज मिला ना तो ये मसीह ने क्या किया पता है वो और दो दिन रुक गया क्या किया वो सुनकर घबराया नहीं सुनकर टेंशन नहीं लिया वो कहता है कि जैसे यीशु मसीह के पास मैसेज चला गया कि तेरा जिस परिवार से तू प्रेम लाजर मरियम और मार्ता का भाई वो बीमार में है तो यीशु क्या कहता पता है हम हॉल रुकेंगे और दो दिन लगाया उसने क्योंकि यीशु मसीह ने छोटे मोटे मुसीबत में आशा नहीं रखता है वो आशा रखता है कि जब आपके पास बड़ा मुसीबत आया ना तब वो दौड़ तो होता है ना तभी आपकी परीक्षा होती है जब मुसीबत आपके पास आते हैं ना क्या होगा क्या नहीं होगा जब आप घबराते हो ना तभी यीशु मसीह भी रुक जाता है आपका विश्वास को देखता है आपका विश्वास को परखता है क्या है क्या नहीं है हलुयासी के अंदर हमारे जीवन में सक्सेस आने वाली केवल पांच बात है ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं लेकिन उनमें से केवल पांच बातें मैं आपको बताऊंगा पहली बात तो यह है परमेश्वर को प्रथम स्थान दो अगर तुम्हारे जीवन में सफलता को पाना है सक्सेस पाना है तुम्हारे जीवन में इतिहास बनाना है अपने जीवन में तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा परमेश्वर को सबसे पहले प्रथम स्थान दो नंबर टू विश्वास प्रथम स्थान देने के बाद क्या करना चाहिए विश्वास करना चाहिए विश्वास कैसे काम करता है तुम्हारे जीवन में प्रथम स्थान तो दे दिया स्थान देने के बाद उसमें विश्वास भी होना जरूरी है हालाया और तीसरी बात प्रार्थना विश्वास आ गया तो प्रार्थना होना चाहिए और चौथी बात आदर रेस्पेक्ट पांचवा तब जाकर आपको सफलता मिलेगा जब ये चार चीज आप करोगे ना अपने जीवन में पांचवा चीज जो है आपको जीवन में इतिहास बना देगा हाला ऐसी बहुत सारी बातें जो बेसिक बात जो है मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रभु के वचन के अनुसार आपको मैं बताने जा रहा हूँ लुया परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है हम पहले पढ़ेंगे पढ़ेंगे और आगे आगे चलते है। उसका है। उसका दूसरा वचन क्या ये तेरी ही करनी का फल नहीं आ? जो तूने अपने परमेश्वरे हुआ को छोड़ दिया जो तुझे मार्ग में लिए चला बस फिर एक बार अच्छी तरह से पढ़ो क्या यह तेरी करनी क्या यह तेरी ही करने का फल नहीं क्या ये तेरे ही करने का फल नहीं जो तूने अपने परमेश्वर यहुआ को छोड़ दिया तूने अपने परमेश्वर यहुआ को छोड़ दिया किसका है इसने क्या बोलते है यहाँ पे पतेमे के जरिए ये तेरा ही करने का फल है तूने मुझे प्रथम स्थान नहीं दिया ये जो नुकसान होने का कारण तो खुद है जो तूने मुझे प्रथम स्थान नहीं दिया आज तू तेरे पास सब कुछ होने के बावजूद तूने सब कुछ खो दिया क्योंकि तूने मुझे प्रथम स्थान नहीं दिया। इसके अलावा क्या कहते हैं? ये सब कुछ जो नुकसान हो गया ये किसी और के जरिए नहीं, मेरे जरिए नहीं, ये तूने खुद प्राप्त किया हुआ है ये तेरा ही करने का फल है कमा नीचे अब तुझे मिस्र के मार्ग में क्या लाभ है अब तुम्हें मिस्र के मार्ग में क्या लाभ है कि तू सीहोर का जल पिए सीहोर का जल पिए अथवा के मार्ग से आ, तुझे क्या लाभ कि तू महानद का जल पिए मैं लुया तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी तेरी बुराई ही तेरी क्या करेगी ताड़ना बस, बस बस बस हम कितने बार हर किसी के विषय में बात करते ना वो बेकार की बात है मैं आपको बेसिकली बहुत ही अच्छी बातें कहता हूं आप अपने जीवन में जो है ना टाइम पास करना बंद करना है टाइम पास यानी कि समय व्यर्थ करना बंद करना है आज जो आपको जीवन मिला है ना ये आने वाले समय पर आपको जीवन नहीं मिलेगा ये आपको जो जीवन दिया है ना ये बहुत बहुमूल्य जीवन है ये जीवन का रक्षा करने वाला कौन है बता स्वयं यीशु मसीह है आज जो आपके पास और तो मेरे पास जीवन है ना ये बेकार के लिए नहीं दिया है ये समय को बर्बाद करने के लिए कुछ करने के लिए आपको ये जीवन दिया है अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपका जीवन बेकार है क्या करना है आपके जीवन में केवल सक्सेस को पाकर अपने एक बड़े नामों को बैनर में बनाकर रखना है नो संसार में बढ़ते बढ़ते प्रभु में भी बढ़ना है हमें नहा मसीह भी जब पैदा होगा तो उसे क्या आशीष मिला तो मनुष्य में भी क्या होगा बढ़ेगा और परमेश्वर की दुष्टे में भी बढ़ेगा हले अब्राहम को भी क्या कहा कि तू मनुष्य के जरिए भी आशीष को प्राप्त करेगा मेरे जरिए भी तू आशीष को प्राप्त करेगा हले अभी आप अब मैं किसकी आशीष को प्राप्त कर रहे कोई व्यक्ति आकर हमें थोड़ा हमें थोड़ा चढ़ा दिया ना अरे ब्रदर आप क्या आज कल क्या काम किया तो चढ़ गया है ना अब तबर उसके पीछे घूमेगा क्यों उसने मुझे चढ़ा दिया उसने है उसने मेरा तारीफ किया है उसने मेरा वाह वाह किया है अभी कल मैं उस कल के का, एक दिन पहले उसका बुराई कर रहा था वही बुराई करने से पहले जब उसने मेरी वाहवा करने लगा तो मैं उसको बुराई नहीं बोलेगा बोलेगा बहुत अच्छा लड़का है बहुत अच्छा भाई है बहुत अच्छा बहन है क्यों मालूम है उसने मेरी तारीफ की आज आप और मैं ये दुनिया तारीफ के पीछे पागल है आपको चाहिए कि मेरा तारीफ करने वाला कौन आपको चाहिए कि मेरा बड़ापन करने वाला कौन है आप उसे ही प्रेम करोगे जो आपका तारीफ करता है आप उसके साथ में रहोगे जो आपको मदद करता है। आप उसके ही साथ में रहोगे जो आपका हर दिन वाह वाह करता है प्रभु का वचन वैसे नहीं है प्रभु जो है हर एक किसी को समान देखता है मैं नुिया वो हर एक किसी को समान वो अगर वो मारता भी है तो वो प्रेम भी करता है अगर वो प्रेम भी करता है तो वो मारता भी है Hallelujah! इसके लिए मनुष्य तारीफ से बेटर प्रभु का का लाठी, जो जो उसका डांट, परमेश्वर वचन हमें मिलता है ना वो हमें हासिल कर लेना चाहिए तब जाके तुम एक प्रथम स्थान बन पाओगे और परमेश्वर की नजरों में आशीषित कहलाओगे लुकर रचिय सुसमाचार उसका अठारह अध्यय सत्ता वचन को पढ़ेंगे उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर परमेश्वर से हो सकता से है, है। पत्रस ने कहा पत्रस ने कहा देख देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए उसने उनसे कहा उसने उस उसकेश् ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ ऐसा कोई नहीं ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या पत्नी या भाइयों या भाइयों या माता पिता या माता पिता या बाल बच्चों को या बाल बच्चों छोड़ दिया हो छोड़ दिया हो और इस समय और इस समय कई गुना अधिक न पाए कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में और आने वाले भविष्य में युग में अनंत जीवन अनंत जीवन हरे लुहिया हरे आपको मुझे क्या लगता पता है मेरा घर अच्छा होना चाहिए मेरी पत्नी खूबसूरत दिखना चाहिए मेरे बच्चे अच्छा टिप टॉप रहना चाहिए मेरे लोग टिकट हमारा जीवन हमें लगता है कि यहाँ तक ही है कितने लोगों को लगता है है ना मैं अच्छा दिखना चाहिए मेरे बच्चे अच्छा दिखना चाहिए मेरे पति अच्छा दिखना चाहिए है ना मेरे लोग अच्छा इट लेकिन आपको आखिरी में क्या लिखा अनंत काल के जीवन के बारे में शब्द लिखा गया मसीह कहता है कि हर किसी ने जो त्याग दिया है पतरस भी क्यों पता है मसीह ने उसके ये समझा था ने उसी की उसी को सिखाया। का भी अच्छा परिवार था पथरस का भी पत्नी उसके बच्चे उसके लोग उसके सब थे इसलिए ये मसीह ने कहा कि देख हर कोई ने अपने अपने लोगों को छोड़कर भी आ गए क्योंकि उसे अनंत काल का जीवन चाहिए बोले हर किसी जो है हर कोई जो है अनंत काल को पाने के लिए अपने जीवन को क्या किया छोड़कर अपने लोगों को छोड़कर प्रभु के पास आए मैं ये नहीं बोल रहा कि अब भी जाकर सब छोड़ो भगा दो रूम खाली करो वो बात नहीं कर रहा अपने परिवार के साथ में प्रभु के राज में बढ़ने की कोशिश करे हेलो अपनी पत्नी को साथ ले अपने बच्चों को साथ ले अपने परिवार को साथ ले और कहे एक दूसरे को सिखाए प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है बाबा एक बाकी है वो है अनंत काल का जीवन अमें। एक बाकी है वो है अनंत काल का जीवन ये अगर मिल गया है ना बस आपके साथ जो आप जो कमा रहे हो ना वो आने वाला है या अनंत काल क्या आने वाला आपके पीछे अनंत काल का जीवन आपके वाला है कितने लोगों चाहिए तो आपको पूरा घर घर बेचना पड़ेगा पड़ेगा खाली करना किसके लिए लोग अनंत काल, का है, है? काल मतलब किसी का नाम नहीं है जाके बोलेगा नाम दिया तो ढूंढ क्या आएगा फिर नेट क्या इंटरनेट में जाके चेक करेगा अनंत काल कौन है जिसके लिए मेरा घर बर्बाद हो गया अनंत काल को भी भी पाने के लिए आप अपने जीवन में जो करेंगे ना वो काफी नहीं है क्योंकि मसीह जब से कहा कि देखो ये पानी तू भर रही है ये पानी एक समय पर क्या होगा पता है खत्म हो जाएगा लेकिन मैं तुझे जो पानी दूंगा वो पानी कब तक चलेगा अनंत काल तक चलेगा अमेनुआ हुया तो हमारे जीवन में अनंत काल जो है इंपॉर्टेंट है आज सारे कलिश में प्रचार यही बाचार होता है तुम्हारे पास अनंत काल है या नहीं तुम्हारे पास इंटरनल लाइफ अब तुम्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए बोल के आप जो है अपने जीवन में पूछ लेना चाहिए जो कोई प्रथम स्थान प्रभु को देगा वही अनंत काल को प्राप्त करेगा सबसे पहले क्या करना चाहिए प्रथम स्थान मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है ना तो गवाही को कभी भी नहीं बोलना चाहिए अगर आपके जीवन में अगर आप प्रथम स्थान प्रभु को नहीं देगा ना मैं आपको सच बोल रहा हूँ आप कितने भी कमाओ ना वो सब नाले में चला जाएगा सब नदी में चला जाएगा सब गटर में चला जाएगा सब कुछ बेकार हो जाएगा क्या है? वचन क्या कहता है मानूम है तुम मेहनत करोगे तुम मेहनत करोगे लेकिन तुम्हारा पैसे कोई और खाएगा अभी देखो एक एक वचन भी याद आता है पता है वचन ये भी लिखता है कि तुम अपनी कमाई को नहीं देख पाओगे क्या बोलता है वचन क्या बोलता है तू अपनी कमाई को कमाओ जोर से तू अपनी कमाई को नहीं देख पाओगे कितने लोगों ने कमाई को देखा ये दो तीन साल में चार साल में गूगल पे कितने लोग यूज करते हैं गूगल पे जीपी, फोन पे है ना क्या पेटीएम सैलरी कहा आता है अकाउंट में आता है। पहले सैलरी कहा पे आता था आत में आता था तुम्हारा सैलरी हो गया तो मैंने देखा मेरा सैलरी है कुछ हो गया मुख्यमं वो खुश हो गया क्या हो गया सैलरी आत्म आ गया मैंने देखा मैं खुश हो गया अभी सैलरी किधर आता है क्या आप अपने सैलरी को देख रहे हो तुम अपनी कमाई को नहीं देख पाओगे और जिस किसी को भी देना है वो कैश नहीं दोगे अब क्या करोगे आप देखोगे बिन्हें सीधा ट्रांसफर मतलब आपका सैलरी एक तारीख को आपके अकाउंट में आ जाता है तीस तारीख तक आप अपने अकाउंट में सैलरी को नहीं देख पा रहे हो प्रभु का हर वचन जो है भविष्य में पूरा होता है और यह वचन भी इस भविष्य में पूरा हो गया है तुम अपनी कमाई को नहीं देख पाओगे आज के दिनों में सभी लोग कमा रहे हैं लेकिन कमाई को देख नहीं पा रहे हाथ में पैसे नहीं है पैसे बहुत है लेकिन हाथ में नहीं है एक समय जब पैसे आत्मे आते थे जब अपने माता पिता को दिया करते थे मम्मी डैडी ये मेरा महीने का सैलरी आ चुका है मिलता था। लेकिन आज के दिनों में सारे सैलरी क्या हो रहा है अकाउंट में चला जा रहा है और अकाउंट में जाने के बाद हम अपने आंखों से सैलरी को देख नहीं पा रहे हैं। अगर सफलता को पाना है ना सबसे पहले स्थान प्रभु को देना है तब जाके सफलता हो गया हा ललुया जब देने के बाद विश्वास कहां पर है? तो आप बोलोगे प्रश्न पूछोगे प्रभु मैंने प्रथम स्थान आपको दिया है लेकिन मेरा विश्वास भी है कि तो मुझे लेकर चलेगा हेलो हम लोग आए निकलते वचन को सी उसका दूसरा अध्याय उसका आठवां वचन को पढ़ते हैं दूसरा आठ क्या विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है क्या विश्वास के जरिए अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं ये तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है परमेश्वर का क्या है दान है। अगर विश्वास है अनुग्रह भी हमारे बीच में है तो किसकी ओर से है ये परमेश्वर की दान है कितने लोगों के पास अनुग्रह है है ना हमारे पास अगर अनुग्रह अगर मिल जाए ना माय गॉड उसकी कृपा हमें मिल गया है ना हर कोई पानी के लिए तरसता उसकी उसकी कृपा उसका अनुग्रह है ना खास प्रभु ने ये शब्द जो है उस समय लोगों को बताया काश वो शब्द मेरे कान में आ जाता कितना भला होता ना प्रभु मेरे जीवन क्या से क्या निकल जाता विश्वास क्या होना चाहिए पहले स्थान देने के बाद विश्वास होना चाहिए हा आगे और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे बस कर्मों के कारण ऐसा ना करे कोई भी घमंड करे। विश्वास आने के बाद कुछ मिल गया समझा मैंने पा लिया प्रभु से प्रार्थना किया मैंने हासिल किया हासिल करने के बाद तुरंत क्या आएगा घमंड आ जाएगा घमंड आने के बाद तुम्हारा विश्वास काम किया क्या नथिंग सब कुछ व्यर्थ हो गया Hallelujah. अब विश्वास तो है कि रोम्यो की, रोम्यो का किताब उसका उसका जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे आ? दान देने वाला उदारता से दे आ? जो अगुवाई करे वह उत्साह की उत्साह से करे आ? जो दया करे वह हर्ष से करे आ? प्रेम निष्कपट हो और और बुराई बुराई से से करो करो करो भलाई भलाई में लगे रहो। बस। से क्या करो? करो और भलाई में लगे लगे रहो रहो तो बस क्या क्या तो मसीह का मेन मकसद लोग जो हम पर बैठे ना चार बंगला यानी कि चार दीवार में बैठे है ना हमारा काम लोगों के बुराई के बदले बुराई करने की जरूरत नहीं है बाइबल हमें क्या सीखा विश्वासियों को यदि कोई तुम्हारा बुराई करे तो बुराई के बदले तुम्हें बुराई नहीं करना है उसके विपरीत तुम्हें क्या करना है भलाई करना है और वचन को पढ़ते क्या कहते हैं मालूम है भाईचारा के आ, प्रेम से आ, एक दूसरे से स्नेह रखो एक दूसरे से स्नेह यानी के प्रेम रखो परस्पर आदर करने में एक दूसरे में बढ़ चलो आ, प्रयत्न करने में आलसी न हो आत्मिक उम्मीद उन्माद में भरे रहो प्रभु की सेवा करते रहो नहीं नहीं फिर एक बार वहाँ से वहां से पड़े वापस जो उपदेशक हो आलसी आलसी भाईचारा के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो रखो परस्पर आधार करने में एक दूसरे से बढ़ चलो बढ़ चलो प्रयत्न करने में आलसी ना हो बस प्रयत्न करने में क्या ना हो कम ऑन क्या ना हो आलसी ना हो हम लोग कुछ काम देते हम लोग कोशिश नहीं करेगा वो करने से पहले सोचेगा नहीं होता है छोड़ो जाने दो क्या बोलेगा कुछ काम करने के लिए तुमको बोला हमारे घर से ही बोलने लगा समझो काम दे पलाना काम करो आप क्या बोलोगे वो नहीं होने वाले छोड़ो क्यों क्यों पता है नहीं होने वाला क्योंकि कौन बोला वो बोलो वो आलसी है जो बोलता है ना नहीं होने वाला है ऐसे दुनिया में ऐसी कौन सी बात जो नहीं होने वाली हर बात हो सकती है लेकिन तुम्हें नहीं करना है इसके लिए तुम्हारे लिए वो काम नहीं है अगर हर बात अगर सक्सेस चाहते हैं तो अगर आप मेहनत करोगे अगर आप आलसी नहीं बनोगे तो अगर आप कोशिश करोगे तो शायद वो सक्सेस हो सकता है मैं नहला लोहिया काम आने लगता है कुछ नहीं तो पहले हम लोग बोलते कि ये काम नहीं होने वाला है अच्छी बात है कुछ लोग जो है एक्सपीरियंस को लेकर बोल देते हैं कि यह काम नहीं होगा मैंने बहुत बार किया कुछ कुछ बातें जो है ऐसे हो जाती है लेकिन कम से कम कोशिश तो किया था तो तो उसने कोशिश की लेकिन तुम भी तो कोशिश करो शायद तुम्हारे से हो जाए हेलो लुहिया इसके लिए विश्वास के साथ जब तुम कब करोगे तो आलसी पाना क्या होगा पता है खत्म हो जाएगा प्रथम स्थान प्रभु को देने के बाद विश्वास उसके पर रखना है अगर प्रथम स्थान देने के बाद अगर विश्वास उसके पर नहीं रखोगे सब कुछ व्यर्थ होगा अब उसी प्रकार प्रार्थना क्या करती है है ना जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बारह अध्यास का बारह वचन को पढ़ें। आशा में आनंदित रहो आशा में आनंदित रहो क्लेश में स्थिर रहो क्लेश में स्थिर रहो प्रार्थना में प्रार्थना में, में नित्य लगे रहो बस प्रार्थना में कैसे रहना चाहिए नित्य लगा रहना चाहिए प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना यहाँ पर जैसे अनाउंसमेंट होता है प्रार्थना करना है सब कुछ चक्कर कितने बार प्रार्थना करने का कितने बार प्रार्थना करेगा सबको प्रार्थना का शब्द लिया सब कुछ चक्कर आने लगता है शुगर बीपी सब पटापड़ बार आता है हलिया क्यों बाइबल में सिखाती है प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना निरंतर प्रात्ना करते रहो यीशु मसीह जब बाग करने के लिए चला गया जब छेले सो रहे थे तब क्या कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो जो प्रार्थना नहीं करेगा खबरदार सभी के लिए जो प्रार्थना नहीं करेगा वो परीक्षा में पड़ेगा और ये अंत का समय है और अंत का समय निकट है और जो प्रार्थना नहीं करेगा वो परीक्षा में पड़ेगा अगर जो प्रार्थना करेगा वो अनंत काल का जीवन को प्राप्त करेगा अब इनहला मैं ज्यादा प्रार्थना के बारे में नहीं बोलूंगा और मरकु ग्यारहवा चौबीस वचन को पढ़ो 11 24 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ की जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कर, तुम प्रती कर लो कि तुम्हें मिल गया तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा हो जाएगा हालांकि तुम प्रती करो तुम मान लो तुम विश्वास करो मुझे मिल गया है सच्ची बताओ सच्ची बताओ सच्ची बताओ कितने लोगो ने ऐसे प्रार्थना किया कितने लोगों ने ऐसे विश्वास किया पुकार में आत्मा तुटाओ मैंने बोला बोल के मत बोलो अगर है किया है तो किया है बोलो नहीं किया है तो नहीं किया है और नए हाथ उठाए तो कोई सजा नहीं मिलने वाली है अगर आप झूठा झूठा हाथ उठाओगे ना तो ऊपर से फोटो खींच रहे हो हेलो रुया हमारा मोबाइल में से फोटो डिलीट हो जाएगा सेलेक्ट करके उसका डेटा सर्वर पे सर्वर है उसके पास सर्वर पे सर्वर है उसका डेटा कभी भी फुल नहीं होता वो हमेशा जितना देते रहे खींचते जाएगा खींचने के लिए स्वर्ग दूतों को रखा है और वो मॉनिटर में बैठा है कमाओ जो है लुहिया अभी बताओ विश्वास करके प्रार्थना आपने क्या प्रती कि, कि, किसने किया क्या? मैंने पा लिया बोल के कितने लोग साधु यहाँ पे चाहिए पूरी तरह से हेले, हेले, अगर बाकी लोग जो आत नहीं उठाए ना उन लोगों के लिए मतलब आपका विश्वास अभी भी पक्का नहीं है आप, भी भी आप आलसीपना में हो। आप, भी भी आप आलसीपना हो, हो। बाइबल में कैसे थे विश्वास करो प्रती करो प्रार्थना करो कि तुम्हें मिल गया और यह मैंने मांगा है और प्रभु ने दिया है जो कुछ में सोचता है ना आने वाले भविष्य के बारे में दो तीन साल पहले में सोचता कि टाइम पे मुझे ऐसे समय पर होना चाहिए प्रभु और मैं निरंतर प्रार्थना करता प्रभु मुझे वो सक्सेस देता है हलोया जब तुम्हारे प्रार्थना ही नहीं है तो विश्वास कैसे आएगा जब विश्वास नहीं है तो प्रथम स्थान प्रभु को आप कैसे दोगे तो अभी से आप क्या कर लेना चाह पता है प्रार्थना करो और ये विश्वास कर लो कि मुझे मिल गया मुझे मिल गया हमारे पास बहुत सारे समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हिलते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, कुछ नहीं मैं हमारा परिवार हमारा घर है न यही बोलता है कि मिल गया विश्वास मिल गया प्रभु मैं तुझसे प्रतिति करता हूं मैं प्रार्थना किया तूने मुझे दे दिया मैं स्वीकार करता हूं जिसने आपका प्रार्थना सब धबा के निकलेगा ना तब देखो चमत्कार कैसे आपके जीवन में दौड़ कर आएगा क्यों पता है है है है आपका विश्वास कम है, तुम्हारा कम तुम्हारा प्रार्थना और शैतान जो है आपके सर के बैठा हुआ है इसके लिए प्रार्थना जो है शैतान यहीं पर दबा रहा है आपके मुंह से तो निकलते प्रार्थना लेकिन दिमाग से बाहर नहीं चली जाती है क्योंकि शैतान जो है उसे पकड़ के रखा है आप अपनी चिंताओं में आपके परेशानी में आपका घर का टेंशन उसका टेंशन फलाना फलाना फलाना दुनिया भर का कचरा हम दिमाग में भर के रखें इसके लिए आपका विश्वास कम है आपका प्रार्थना कम है और आप सफलता में नहीं पहुंच पा रहे हो कारण यही है क्योंकि आपके दिमाग में कचरे के सिवा कुछ भी नहीं है मसीह लोगों के दिमाग में कभी भी कचरा नहीं रहना चाहिए मसीह लोगों के दिमाग में विश्वास रहना चाहिए मैं तेरा बेटा हूं प्रभु मैं लज्जित नहीं होएगा, मैं गिरेगा नहीं अगर गिर भी जाए तो भी तू मुझे उठाएगा लोग स्ट्रांग बनना चाहिए। प्रभु कैसे वचनों से हमें करता पता है? कैसे वचनों से थोड़ा आगे आ जाओ कैसे बच्चे आगे थोड़ा हमारा बैठ जाओ कैसे हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहिए कुछ समय में समाप्त कर दूंगा और रेस्पेक्ट जब आप विश्वास प्रार्थना करने के बाद कुछ चीज मिलता है ना उसका रेस्पेक्ट करना सीख लेना चाहिए रेक्स, कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है मोबाइल को एक भी छोड़, छोड़ता है कोई मोबाइल को बाजू में, ए, में दूर हो जा बोलता है क्या वो नहीं दिखे तो पागल हो जाता है बीबी गुम गई तो चलेगा पति घूम गए तो चलेगा बच्चा लोग घूम गए तो चलेगा मोबाइल बाजू में चाहिए तो घर से ज्यादा रेस्पेक्ट किसको कर रहे हैं हम लोग मोबाइल को हूिया हम लोग मोबाइल को रेस्पेक्ट कर रहे हैं नीऊ न्यू नी नी पोते नि पोता अरे तू है तू रहेगा मैं रहेगा तू नहीं रहेगा ना मेरे श्वास भी नहीं चलेगा है ना जो पति पत्नी को बोलना चाहिए पत्नी पति को बोलना चाहिए वो लोग क्या कर रहे है? है किससे बात कर रहे मोबाइल से बात कर रहा है मोबाइल रहेगा तो सब कुछ खाना ठंडा कभी, कभी, तो कभी होता है पता भी नहीं चलेगा फिर बात में अगर बोलेगा कि थोड़ा गर्म तो बोलते उसको वो भी मालूम है अगर पूछूंगा तो गाली खाएगा इसके लिए क्या करता है चुपचाप आग बन करके करता है खा लेता है खाना रेस्पेक्ट हम लोग आज के तारीख में रेक्सपेक्ट किसको कर रहे हैं मोबाइल को रेस्पेक्ट उसको करो अपने परिवार में से हर एक लोगों को रेस्पेक्ट करो बड़े से बड़े लोगों को रेस्पेक्ट करो जब आप ये सारी चीज को जब प्राप्त करोगे ना अगर किसी चीज का अगर आप कदर नहीं करोगे ना तो वो चीज़ आपका कदर नहीं करेगा बड़े से बड़े इंसान भी क्यों ना हो आपसे छोटे भी क्यों ना उसको आदर दो उसको सम्मान दो उसका इज्जत करो तो वो आपका इज्जत करेगा आज हम क्या करते है? पता है मसी लोगों में या बाहर के लोगों में किसी को इज्जत नहीं करते चलेगा तो हम चाँच चाँच चलते प्रेज नहीं, कुछ नहीं चलता है आता है उठता बैठता है, है। मसी, जीवन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मसी जीवन ऐसा होना चाहिए आपका दुश्मन भी सामने से आया ना प्रिज लोड बोलना चाहिए कम से कम आ, वो नहीं बोलो तो आपको देखिए अगली बार वो तो बोलेगा प्रेज क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बाइबल हमें यही है यीशु मसीह यही कहता है कि सबसे पहली बात बोलते हैं तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो आपका दुश्मन कौन है आपका दुश्मन कौन है पड़ोसी है इसके लिए बोलते हैं कि पहले पड़ोसी से प्रेम रखो तो वो आपसे प्रेम करेगा जब तक आप किसी से प्रेम नहीं करोगे ना कोई भी व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करेगा सबसे पहले आप प्रेम बताओ यशु मसीह को कोई पहचानता था क्या कौन है वो नहीं यशु मसीह ने अपना प्रेम बताया इसके लिए आज हम यशु मसीह का प्रेम के बारे में सारी दुनिया में कई दासों के जरिए प्रचार हो रही है सारी दुनिया में कोने कोने में ऐसे कई दास जो है यीशु मसीह का प्रेम को लेकर दौड़ रहे हैं और यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बता रहा है आपका प्रेम थोड़ा देरी लोग लेकिन यीशु शु मसीह का प्रेम जो अनंत काल तक का, वो क्रूस में आखिरी धूम तक आपसे मुझसे प्रेम करना नहीं बन छोड़ा उसने जाते जाते भी माफ करके गया प्रभु ये नहीं जानते क्या करें नहीं तो क्षमा कर कितना बड़ा प्रेम है आज एक व्यक्ति अगर आपके चर्च में अगर आपको दिल दुखाता है तो सालों साल उसे बात नहीं करते हो ये प्रेम नहीं है ये रिस्पेक्ट नहीं है अपेक्षा में आपको बताता जो लोगों के जीवन में होता जो लोगों के कलिश में होता है अपने कलिश में एक भी बात यहाँ पर नहीं आना चाहिए हमारे कलिश में हर एक किसी से प्रेम रखो हर एक किसी का इज्जत करो छोटा बड़ा बड़ा छोटा हर एक का इज्जत करो तब जाके तुम उन्नति में बढ़ पाओगे अगर जब तक तुम दूसरों के रेस्पेक्ट नहीं करोगे तुम अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं पाओगे हलुईया कम और से कहेंगे हेलुईया जब आप रेस्पेक्ट करोगे तभी जाके सफलता मिलेगा रोमियो का खिताब उसका बारहवा उसके ग्यारहवा वचन को पढ़ेंगे इक्कीस वचन को पढ़े फिर से बुराई से ना हारो बुराई से ना हारो परंतु भलाई से भलाई से बुराई को जीत लो बुराई को जीत लो, Amen. बुराई से क्या करना चाहिए नहीं चाहिए। लो कुछ लोग क्या होता है पता है? बुराई को देखकर, अरे उसने मेरा बुराई किया है मैं क्या करू इसने मेरा बुराई किया है इसने मुझे ऐसा भला भला बोला है मैं क्या करू ध्यान नहीं देना चाहिए अगर आपका विश्वास पक्का है अगर विश्वास पक्का है कि आपके जीवन में सफलता मिलेगा तो क्या करना चाहिए बुराई को क्या करना चाहिए अच्छाई से जीत लेना चाहिए अगर वो आपके बारे में गलत बोल रहा है तो आप उसके बारे में गलत मत बोलो आप उसके बारे में अच्छी बातें बोलो ये मसीह लोगों के लिए स्पेशल लिखा गया किताब दूसरे लोगों के लिए नहीं है मसीह जीवन जीना आसान नहीं है बाइबल वाइट कपड़ा पहना घुस गया खत्म हो गया निकल गया वापस ब्लैक एंड व्हाइट चलो मसीह जीवन से जीवन मसी जीवन क्या है? बलिदान जीवन है, है। आपको भी मुझे क्या करना पड़ेगा बलि देना पड़ेगा अगर सक्सेस पाना है तो आपको किसी के खिलाफ बात नहीं करना है अगर आपको सफलता पाना है तो आपके दुश्मन से भी आपसे प्रेम रखना है अब जाकर तुम उन्नति को प्राप्त करोगे अगर आपके जीवन में सफलता नहीं है तो कुछ भी नहीं प्राप्त करोगे तुम आज वचन क्यों पता है क्योंकि मैं, मैं ना मुझे काम करके इतना आशा हो गया प्रभु मैं तुझसे मांगता था प्रभु हमेशा तूने मुझे दिया आपको पता है ये पंद्रह साल जब निकलता हूं ना मैं अपने हर बातों को याद करता हूं ना हर बात मुझे याद आती है हर बात याद आता है प्रभु समय पर कैसा हो गया था फिर भी मैंने उसका सुना निकल गया सुना निकल गया लेकिन मैं हार नहीं माना मैं अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माना मैंने पकड़ के रखा फोकस किया अपने गोल पर मैंने अपने एम पर फोकस किया मुझे यहां तक पहुंचना बोलकर पलाना कितना भी बोलो सोचो ना पंद्रह साल में कितने तकलीफें आए होंगे कितने मुसीबत आए कितने लोग पैर खींचने वाले होंगे कितने लोग मेरे मेरे बारे में भड़काने कितने सारे समस्याएं होगा लेकिन मैंने क्या किया पता है एक को प्रभु जो होगा होगा क्योंकि मैं तेरा बेटा है तो मुझे नीचे गिरने नहीं देगा लुया आज मैं बहुत ही आनंदित हूं जो इतने बड़े से बड़े बिजनेसमैन लोगों के बीच में प्रभु ने मुझे खड़ा किया कारण क्या पता है मैं सबसे पहले प्रथम स्थान इसे दिया है आज भी इसे मैं दे रहा हूं हर कोई कहता है कि पाशा मोहस तुम हर जगह दिखते हो आपका पास समय नहीं है कुछ नहीं फिर भी आप सब जगह दिखते हो जब हम प्रभु के पीछे भागे ना तो प्रभु हमें समय पर समय देता है जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और लोगों से प्रेम करेंगे ना तो आप जो हर जगह दिखोगे हर जगह दिखोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है काम सभी लोग करते हैं काम करना जरूरी है जिस दिन काम करते करते रहोगे ना अगर इस चीज के पीछे आप नहीं दौड़ोगे, आपका लक्ष्य बेखार हो जाएगा आप पहुंच जाओगे आप जितना कमाना खमालोगे लेकिन उसमें आशीष नहीं रहेगा उसमें भरकत नहीं रहेगा क्यों पता है आपने इसको टुकरा के निकल गए हो जिस दिन आप इसको साथ में लेकर चलोगे ना कोई माइकल लाल आपको स्पर्श भी नहीं करेगा कोई भी आपका दुश्मन भी आपको टच नहीं करेगा जिस दिन आप जहां पर भी काम कर रहे हो ना वचन पढ़ो प्रार्थना करो विश्वास करो प्रभु मैं प्रतीति करता हूं तुझसे मैं मांगता हूं और मैंने मांग लिया था प्रभु और तुनों मुझे दे दिया इसको बाजू में लेकर चलो इसको बाजू में लेकर चलो तो सब कुछ तुम्हारे पीछे है अगर जिस दिन ये अलग हो गया ना सब कुछ बेकार हो जाएगा हलिया सब कुछ बेकार है। आपके जीवन में ये होना बहुत जरूरी है प्रार्थना होना जरूरी है वचन होना जरूरी है अगर आपके जीवन में अगर आपको सक्सेस देखना है तो आपको इसको लेकर चलना है अगर आप इसको लेकर नहीं चलोगे ना मैं बोलू ना अनंत काल भी हमारे से दूर चला जाएगा मेरे प्रियो मैं दिल से आपको कहना चाह रहा हूँ हर कोई यहाँ पर खड़ा है ना सक्सेस करने वाले पास्टरों या है ना इवेंजलिस्ट हर कोई बिजनेसमैन काम कर रहा है मसीह के अंदर भी लेकर काम करना कोई गलत नहीं है अच्छी बात है लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ अगर ये आपके साथ में है ना आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो अच्छे से अच्छे लोग आपके सामने सर झुकाएंगे क्यों पता है सबसे पहले आगे ये है, से कितना प्रेम रखता है, पता है। बार कहता आज जोड़ के आपको कहता हूं इससे कभी भी पीछे मत रखना अपने जीवन में अपने सीने से इसे लगा के रखो इसे दिल से लगा के रखो ये वचन ही तुम्हारे जीवन में काम करेगा आज के बाद से से आप से अब तक आपने कभी भी भी भी अगर इसको ट्राई नहीं किया रहेगा ना कोशिश कोशिश करो आप भी से कोशिश करो प्रभु तेरा बैठेगा मैं तो परेशान हो गया हर एक को देख कर आंसु भाहिएगा कब तक हम परेशान रहेंगे कब तक हम लोग रोते रहेंगे कब तक हमें मजबूर रहते कब तक प्रभु से प्रार्थना दाऊद पूछता कब तक प्रभु मैं परेशान में दाऊद दाऊद कहता है कि संकट के समय पर तूने मेरी प्रार्थना सुन ली लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो आज मैं जो भी कुछ हूं ना केवल वचन के जरिए हूं आज मैं जितने भी सफल को प्राप्त कर रहा हूं केवल वचन के ही जरिए प्राप्त कर रहा हूं अगर मेरे जीवन में वचन नहीं होगा तो मैं कोई भी स्टेज लेवल में नहीं पाता था। मैंने सबसे पहले काम से भी पहले इंपोर्टेंट मैंने सेवा में इंपोर्टेंट दिया तब जाके प्रभु मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मुझे खड़ा करता है साधारण नहीं है इतने बड़े लोगों के बीच में खड़ा रहना एक मिनट छोड़ एक सेकेंड उनके बीच में खड़ा रहना मतलब सलूट मारने के जैसे इतने बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन लोग हैं आज प्रभु के दास के लिए उन लोगों ने थाली बजाया। है इस सक्सेस मेहनत करने नहीं मेहनत तो कोई भी कर लेगा पैसा बोलते हैं ना पैसा कोई भी कमा लेगा एक बेवड़ा भी रोड पे चलेगा ना वो भी क्या करेगा पैसे कमा के निकल जाएगा पैसे कमाना हमारा मकसद नहीं है हमारा मकसद है अनंत जीवन को प्राप्त करना चोर भी क्या करेगा पैसे कमा के निकल जाए किसी का पाकिट मारेगा पैसे उसके पास आ गया वो सुबह शाम शाम को जाकर क्या करेगा बैठ कर पिएगा का मकसद पैसा नहीं है हमारा मकसद है प्रभु के राज्य को बढ़ाना हेलो लु मसी जीवन आसान नहीं है मसीह जीवन बहुत कठिन है आप लोग केवल बाइबल लेके धन्यवाद अच्छी बात है बाइबल लेके बैठ के प्रार्थना करते चलते लोगों को देखो कितने लोग तड़प रहे हैं बाहर बाहर देखो आपसे भी बेकार जीवन वो लोग जी रहे हैं हमसे भी बेकार जीवन वो लोग जी रहे हैं प्रभु ने आपको मुझे तो बहुत कुछ दिया लेकिन बाहर देखो किसी के पास कुछ भी नहीं है क्यों मालूम है उसके पास वचन नहीं है इसके लिए वो यीशु को नहीं पहचान पा रहा है हम यीशु को पहचानने के बावजूद भी हम हमेशु मसीह के सेवकाई को क्या कर पता है डीले करता है और अपने कामों को इम्पोर्टेंट देते हैं मैं हजार बार बताया घर में जो है काम करोगे फटाफट करके ना सबसे इंपॉर्टेंट सेवा के पीछे दौड़ो आपको कहीं पर भागने के लिए नहीं बोल रहा केवल अपने ही कलेश में लेकर प्रार्थना करो और प्रभु का बच्चे नहीं कहते कि तुम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करोगे तो उन्नति तुम्हारे जीवन में आएगा अगर तुम्हारे जीवन में उन्नति चाहिए आशीष चाहिए तो दूसरों के लिए प्रार्थना करना तैयार रहना है कितने लोग करेंगे दूसरे के लिए प्रार्थना हर समय हाथ उठाता लेकिन प्रार्थना करते हो कि नहीं करते आपको खुद को मालूम है हेलो लुइया इसके लिए अगर आपको सक्सेस चाहिए सफलता चाहिए तो मनुष्य के जरिए नहीं वचन के जरिए आपके जीवन में सफल सफलता मिलेगा मैन हैलो जिस दिन इसके पीछे तुम भागोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी अगर तुम दुनिया के पीछे भागोगे तो तुम्हें दुनिया दौड़ाते रहेगी हैलो लोया प्रभा आप सभी को बहुत ही आशीषित करें मैं यही विश्वास करूंगा कि आप उन्नति में बढ़ते जाओ हर किसी को सक्सेस चाहिए ना सफलता चाहिए न पटाफट घुटने में आ जाओ और ईमानदारी से प्रार्थना करो प्रभु आज के बाद मैं अपना टाइम पास करना बंद करूंगा, आज के बाद मैं फालतू बात करना बंद करूंगा, आज के बाद मैं यहाँ वहाँ की बातें किसी से ना समय बिताना बंद करूंगा मैं केवल अपनी सफलता को देखूंगा बोलकर जो सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं वही लोग आग बंद रह घुटने में बाकी लोग तमाशा देख सकते हैं कमऑन अगर आपके जीवन में सक्सेस चाहिए प्रभ्रम सिंह आपके जीवन में सक्सेस देगा अगर आप उस सक्सेस के लिए प्रार्थना कर रहे हो प्रभु से प्रार्थना करें Egyptian... प्रभु आपको वो सक्सेस देगा विश्वास से कहे प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे दे दिया मैं प्रतिति करता हूं मैंने पा लिया है मैंने पा लिया प्रभु से प्रार्थना करें वो तुम्हें देगा सबसे पहले प्रथम परमेश्वर को स्थान दो उसके बाद विश्वास करो प्रार्थना करो एक दूसरे के आदर मान सम्मान करो रेस्पेक्ट करो तब जाके सफलता तुम्हें मिलेगी अगर सफलता तुम्हारे पास नहीं है दुनिया का सबसे कमजोर आदमी आपके सिवा कोई भी नहीं रहेगा धन्यवाद स्तुति धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर से आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु हर कोई यहाँ पर जो है अपने आपों को झुकाकर प्रभु जी किसी मनुष्य के सामने नहीं प्रभु जी अपने सर को जी, तेरे कदमों के पास झुकाए खुदा इन्हें सभी को प्रभु जी आशीष देने के लिए धन्यवाद अब तक प्रभु जी जीवन में सक्सेस सफलता नहीं प्राप्त हुआ है प्रभु क्योंकि इनका विश्वास तुझ पर था लेकिन भटक गया प्रभु आज के बाद से प्रभु जी हर एक लोगों को प्रभु जी दिमाग में से बेकार की कचरा बाहर निकाले प्रभु बेकार की बातें दिमाग से बाहर निकाले प्रभु जी और ये कोई नहीं प्रभु केवल आप ही कर सकते हैं स्वामी ये बुद्धि में जो दिमाग में पड़े हुए हर एक बेकार की बात वे विचार की बात आली की बातें, है या की बातें है प्रभु जी जो दिमाग को भरा प्रभु हर एक बात निकल जाए यीशु नाज़री के नाम से एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा परिवार एक अच्छा पति एक अच्छा पति एक, अच्छा एक अच्छा बेटा बेटी बन के प्रभु जी अपने जीवन में सक्सेस को लाने के लिए सहायता करे प्रभु यहां पे जितने भी लोग अपने सरों को झुकाए प्रभु जी अरेक लोगों को प्रभु जी तेरे गायल प्रभु जी हम सभी के सर पर बना रहे प्रभु ताकि हमारे दिमाग में जो बेकार की बातें वो निकल जाए प्रभु और आपकी ही बात है हमारे जीवन में बने रहे प्रभु मेरा विश्वास है प्रभु जी इस प्रार्थना को आप सुनते हैं प्रभु अरेक लोग जो सरों को झुकाए प्रभु उन सारे लोगों को आने वाले समय पर सफलता को आपने दिया आपको धन्यवाद सारा आदर में मापी को देता हूं यशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता पिता अमे आई जोर से यशु के नाम ताली बचाएगा